पकड़ के चला ममता के आ जल में पला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आ जल में पला माँ हो मेरी माँ मैं तेरा ना माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाड़ला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 चल में पहला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आ चल में पहला माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा ना meri maa main tera